स भाई और भाई के गुले से समाप्त कीजिएगा सुबह जिसे मेरे रब ने मुजाहिद बनाया जिसे मेरे रब ने मुजाहिद बनाया जिसे ाहिद बनाया जिसे मेरे रब ने मुचाहिद बनाया अरे वो बुलझ दी केसर को वो जी के सर को वो बुन्नच दी केसर को वो, वो चलता रहेगा सारा मजला खड़ा नारा लगा दे बहुत बड़ा शेर था नारे नारे नारायदाबाद रखे आला हजरत हप हप आला हजरत आला करिया करिया पादूशरिया ने हजूर मुजाकी दे मिल्लाबाद हु मिल्ल और हजूर हुजूर दे मिल्ल हुजूर हबीबे मिल्लत हा हुजूर हबीबे मिल्लत आ अमानते सरकार मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद हुजूर हबीबे मिल्लत हा वाह नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी والله बैठ बैठ बैठ जाए हुजूर हजरत जिसे मेरे रब ने मुजाहिद बनाया जिसे मेरे रब ने मुजाहिद बनाया जिसे मेरे रब ने जािद बनाया जिसे ये तेरा बोले मुजाहिद बनाया अरे उनच गी के सर गो उनच गी के सर गो कुचलता रहे नारे से मुबारक सरकार वजा भी दे मिल्ल सर जमीने दरियापुर हिंदुस्तान नदीम रजा फैस एक कदाम पकड़ लें जोताजू शरिया कदाम पकड़ ले जोता जो शरिया जोता जो शरिया कदम पकड़े जोता जो शरिया कदम पकड़े अरे वो तूफान है वो तूफान बदलता रहेगा नारे नारे सरिया सरकार हबीबे मिल भाई जो ताजू सरिया का दामन पकड़ ले तो तूफान का रूप बदलता रहेगा तूफान का रूप बदलता रहेगा और ताजू सरिया खुद बोले कि मेरे बात अगर जब पकड़ना है तो हबीबे मिल्लत का दामन पकड़ लोजू सरिया बोले कि जिसके हाथों में है दामन हबीबे मिल्लत का जिसके हाथों में है दामन हबीबे मिल्लत का हाफ ये कब्र में मुनकर रहेगा। şehir tere